हेलो बेबी कहाँ पे हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है देखिए दो चार हजार रुपया हो कर्जा बहुत अर्जेंट काम पड़ गया हमारा अच्छा ठीक है पापा का कॉल आ रहा है बाय